हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग खैरियत से होंगे आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्स क्लास के मैथ का बारंबारता आंकड़ा चैप्टर देखते हैं चलिए आर एस अग्रवाल का मैथ है इसका सवाल उस दिन अगले वीडियो में हमने बताया था पाँच नंबर तक आज हम देखते हैं छठे नंबर से पहला सवाल है कि किसी पहला सवाल यहाँ है कि किसी भी ऊपरी वर्ग और निम्न सीमा x और y हो और वर्ग की लंबाई l हो तो l में कौन सा संबंध है तो संबंध निकालने के लिए हम लोग देखते हैं जब किसी भी वर्ग की लंबाई यानी लंबाई का बराबर होता है फॉर्मूला एक मिनट थोड़ा सा लंबाई बराबर L बराबर फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा निम्न सीमा बटे टू यह होता है फॉर्मूला तो इसमें हम देख लेते हैं नहीं सॉरी ये वर्ग चिन्ह बराबर होता है ये फार्मूला लंबाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंबाई बराबर लंबाई बराबर फार्मूला होता है यानी एल बराबर ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा तो यहाँ ऊपरी सीमा जो है वाई है और निम्न सीमा जो है एक्स है तो ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा बट्टे में टू तो इसलिए टू एल बराबर वाई माइनस एक्स बैठे टू तो इसका दूसरा नंबर सही हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं